हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उस कॉल पर कर देना है गाइस वीडियो को लाइक करो जल्दी से जैसे भी लाइक like नहीं किया तो जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइज आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है इसलिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएँगे और भी इसलिए गए कुछ नहीं दिखा रहा है इधर डर कोम में जा रहा है डर कुछ नहीं दिखा रहा है। ये देखो ये देखो लाइन वाइन लगा ली अबे यार वापस फूट गई लाइन वाइन तो गई देखते है क्या सीन रहता है अभी के लिए तो तुसे ये गाइस जाके क्या क्या होता है सामने बंदा है ये लो खत्म बंदा खत्म मेडिकेट करनी है ये मेडिकेट कर लेते हैं करनी है। बंदा है इधर ऑटो लेके आया है लगभग जहाँ तक दिख रहा है बात तक लेके आया है टुक टुक टुक टुक लेके आया है वो हाँ गाइज सच में टुक टुक लेके आया है देखते हैं क्या होता है उसके पास जाते है हाँ यार भाग गया भाग गया मुझे कहीं से पड़ा डैमेज मेडिकेट कर लेते हैं ये लोग दोनों खत्म बंद ये लोग कार लेके आ रहा है गाइज इसको करते ख़त्म यही हो गया खत्म हो गया गाइज इसी बात पर सब्सक्राइब मारो गाइज इसी बात पर सब्सक्राइब मारो तो तीन किल कर दिए और पहला चार किल कर दिए इसी बात पर सब्सक्राइब मारो गाइज जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब मारो गाइज जिसने भी नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इज वापस के देता हूँ सब्सक्राइब कर दो गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है इसलिए हमें वीडियो बनाने की क्षमता मिलती है इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा महसूस होगा